रे लिए नहीं खुद के लिए कुछ बनने का इरादा है मेरा अबे तेरे लिए नहीं खुद के लिए कुछ बनने का इरादा है मेरा और एक दिन तड़पोगे ये मेरी बद्दुआ नहीं ये वादा है मेरा